Guys, आज दशहरा है और इसी दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय हासिल करके बुराई का अंत किया था लेकिन हमारे पौराणिक कथाओं में इस दिन से जुड़ी कुछ और भी घटनाएं हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे पहली ये वही दिन है जिस दिन माँ दुर्गा के रूप में माँ कात्यायनी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था दूसरा इसी दिन पांडवों को सब कुछ त्याग कर बनवास जाना पड़ा था तीसरा इसी दिन देवी सती ने अपने पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर अग्नि में समाधि ली थी चौथा इसी दिन कुबेर जी ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था और तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है और पांचवा और आखिरी ये वही दिन है जिस दिन साल 1918 में शिरढ़ी के साईं बाबा ने समाधि ली थी और आज का यह दिन शिर्डी में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है गाइस आज बुराई पर अच्छाई के जीत का दिन है ये दिन विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है और आप सभी को ए फैमिली की तरफ से हैप्पी दशहरा